आसमान की ऊंचाई में पानी की गहराई में किसान की सिंचाई में और आदमी की कमाई में बस मैथ सी मैथ गॉड के नेचर में और हमारे क्रिएशन में कागज़ की जहाज में और साइंस के समाज में बस मैथ्स ही मैथ्स है बच्चों की ड्राइंग में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में गांव में शहरों में समुद्र की लहरों में बस मैथ सी मैथ्स है साइकिल में कार में बस में ट्रेन में और हमारे बच्चों के ब्रेन में बस मैथ्स ही मैथ्स से फूलों में तारों में मंडी और बाजारों में घर की दीवारों में और हमारे परिवारों में बस मैथ्स ही मैथ्स मैथ बच्चों की कलम में डॉक्टर की मरहम में सुनार की संदूक में और सेना की बंदूक में बस मैथ्स ही मैथ्स है मोबाइल के ऐप में सिंगर की रैप में मछुआरों की ट्रैप में और इंडिया के मैप में बस मैच ही मैच सी